आबकारी विभाग ने कस्बा की शराब की दुकानों पर चलाया रूटीन चेकिंग अभियान मित्रों आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो खबर आपने शायद किसी चैनल पर देखी होगी आज पब्लिक भारत ऐसी खबर आपको दिखाएगा पूरी खबर को देखे अवंती बाई चौक अम्बेडकर चौक शंकरपुर घाट आदि स्थानों पर की चेकिंग फतेहबाद आबकारी विभाग ने कस्बा की शराब की दुकानों पर चलाया रूटीन चेकिंग अभियान के दौरान शराब की दुकानों के निरीक्षण ऐसी शराब अनुग्ञापियों में खौफ व्याप्त है अधिकारी फते फतेहबाद निरीक्षक डीएन सिंह ने कहा शराब में प्रस्तावित कर दी जाएगी जिला आबकारी अधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी के निर्देशन में क्षेत्र की संदिग्ध दुकानों पर अब तक निरीक्षण निरंतर जारी रहेगा तदुपरांत अवैध शराब निर्माण बिक्री परिवहन भंडारण के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रबंधन अभियान के अंतर्गत धारापुरा शंकरपुर घाट फतेहाबाद मॉडल शॉप अंग्रेजी अंग्रेजी व व देसी बियर दुकानों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान कोई भी नहीं को में रखते हुए आपकारी पुलिस के संयुक्त अभियान द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की गई अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई जारी है मौके पर आबकारी निरीक्षक डी सिंह तथा प्रधान आबकारी सिपाही जावेद एवं नंदिनी गुप्ता श्वेता सोनकर प्रियंका सचान आबकारी महिला आरक्षी मौजूद रहे इसके साथ ही साथ, साथ सभी अनुपियों को निर्देशित किया गया है कि सभी दुकानें समय से खोली एवं बंद की जाएंगी दुकान खोलने का समय प्रातः दस बजे से रात्रि दस बजे तक निर्धारित है नियमानुसार कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ऐसी खबरों को देखने के लिए एन पब्लिक भारत ऐसी जुड़ी रही आप देख रहे थे एन पब्लिक भारत एन पब्लिक भारत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया है किस तरह से और क्या चेक किया शराब की मंशा के अनुसार जनता में गुणवत्ता गुणवत्तापूर्वक शराब मिले किसी प्रकार की मिलावट न हो इसको लेकर के शासन और प्रशासन सभी चुस्त हैं इसी के अंतर्गत सारी दुकानों की औचक निरीक्षण किया जा रहा है उसी के अंतर्गत कुछ ढाबों को भी निरीक्षण किया जा रहा है अभी तो कोई अहिमिता नहीं पाई गई है अभी अनुर जारी रहेगा अगर किसी तरीके से आपको निर्देश मिलते हैं किस तरीके की सूचना मिलती किस तरह से कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर मुखबिर की सूचना पर अगर कोई चीज़ मिलती है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी इनके भी अगर कोई किसी प्रकार का त्रुटि मिलती है तो इनके पसमंद किया जाएगा नीति निमानुसार अगर कोई भी कार्रवाई में, में त्रुटि पाई जाती है या किसी प्रकार की डुप्लीकेटी पाई जाती है किसी तो प्रकार तो उसको सख्त से कार्रवाई होगी फिफाना तो भी हुआ और जेल भी भेजा जा सकता है